हेलो फ्रेंड कैसे हैं आयुबाप अच्छे होंगे तो आज का जो हमारा कंटेंट है मैं आज, आज आपको बता दूं ये आप मॉडल देख सकते हैं यहाँ पे ये यह हमारा रेडमी का 9A मॉडल है जिसकी हम इसकी करने वाले हैं FRP आर बाईपास और इसका एम 12 है आप देख सकते हो यहाँ पे एम 12 आप यहाँ पे ईजी तरीके से देख सकते हो तो हम इसकी करने वाले हैं एफ तो चलिए सबसे पहले चेक कर लेते हैं कि इसमें एफ लगा भी हुआ है कि नहीं तो इसे हम कर लेते हैं नेक्स्ट और यहाँ पर हम कर लेते हैं एग्रीमेंट यहां पे सारी चीज़ें ओके ओके और यहां पे भी स्किप कर देते हैं फिलहाल और यहां पे भी स्किप कर देते हैं और यहां पे भी मोर देन ओके अभी हम ये चेक कर रहे हैं फ्रेंड्स किसी में एफआरपी लगी हुई कि नहीं लगी हुई तो यहां पे भी अभी हम कर देंगे स्किप और यहाँ पे भी क्लासिक देखिए तो हमारे फाइनल सेटअप आ चुका है सेटअप हमारा आ चुका है ये हमारा Redmi का नाइन है अब इसमें देखते हैं कि एफ आर पी लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है तो जैसे हम वहाँ पे क्लिक करेंगे फ्रेंड आपको यहाँ पे जस्ट अ सेकेंड और एक मैसेज दिखाई दे जाएगा कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पर एफ का नॉट सिंगिंग का एक मैसेज आ रहा है नॉट सिंगिंग का एक मैसेज आ रहा है आपको यहाँ पर दिखाई दिया जाएगा तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं वीडियो को लास्ट दिन तक आप देखिएगा तो इस वीडियो को लास्ट टाइम तक तो देखिएगा और आप हमारे चैनल में अगर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा जिससे हमारे नए नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं फटाफट तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं फटाफट तो आप देख सकते हैं एम आई अब इसके करने वाले हैं एफ़ आर पी बाईपास तो चलिए आपको करना क्या है सबसे पहले यहाँ पे करना है नेक्स्ट और यहाँ पे कर देना है इंग्लिस और यहाँ पे कर देना है इंडिया को नेक्स्ट और यहाँ पे अपने कंडीसन को कर लेना है ओके okay. और कर लेना है नेक्स्ट और यहाँ पे भी अभी, अभी आपको फ्रेंड्स क्या करना है अब वीडियो को लास्ट थिंग तक देखिएगा तब जाके आपको प्रॉपर चीज़ें समझ में आएँगी नहीं तो नहीं आएँगी यहाँ पर भी अभी कर देना है आपको नेक्स्ट और यहाँ पर भी अभी कर देना है आपको स्कीप और यहाँ पर कर देना है एक्सेप्ट और जस्ट अ सेकेंड तो अभी देखिए यहाँ पे एक टैप आपको दिखाई दे रहा है ओनली स्क्रीन लॉक यहाँ पे एक पासवर्ड के लिए पूछ रहा है तो आपको यहाँ पे लगा देना है पैटर्न तो यहाँ पे मैं एक पैटर्न लगा देता हूँ फ्रेंड तो ये देखिए पैटर्न के लिए आ रहा है अभी इनेबल के लिए मैसेज आएगा तो ये देखिए तो आपको यहाँ पर कर देना है चलिए तो हम इसमें लगा देते हैं एक पैटर्न लगा देते हैं फ्रेंड इसमें पैटर्न लगा देते हैं चलिए मैं इसे हाथ से पकड़ लेता हूँ और फिर से उसको आप कंफर्म कर देंगे एक बार और यहाँ पे कर देंगे नेक्स्ट ये हमारा पैटर्न लग चुका है अब हमें आना है बैक बैक आने के बाद फ्रेंड्स अब हमें क्या करना है यहाँ पे वाईफाई कनेक्ट करना है तो वाईफाई कनेक्ट करना है चाहे आप उसमें सिम लगा लो चाहे उसमें वाईफाई लगा लो तो मैं यहाँ पर सीम को इंजेक्ट कर दिया हूँ अब यहाँ पर हमारा आ, सीम लग चुका है फ्रेंड जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो तो अब यहाँ पर हमें नेक्स्ट करना है स्किप नहीं करना है अब यहाँ पर क्योंकि हमारा यहाँ पर सीम लग चुका है अब यहाँ चेकिंग फॉर अपडेट्स यहाँ पर आपको दिखाई देगा तो बेसिकली ये हमारा जो है आ, बहुत ही इजी तरीके से हो जाएगा अभी चेकिंग फॉर अपडेट्स हमारा यहाँ पे नैट कनेक्ट है और सारी चीज़ें थोड़ा सा टाइम लगेगा और बहुत ही कम समय में हमारा इसका एफ बिना किसी ढोंगल के हो जाएगा तो चलिए देखते हैं चेकिंग फॉर अपडेट्स अभी थोड़ा सा टाइम लग रहा है ये वही फ़ोन है जो मैं आपको यहाँ पे दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पर इसको साइड कर देता हूँ चेकिंग फॉर अपडेट्स यहाँ पे इंस्टॉल हो अब यहाँ आने के बाद आपको करना है सिम्पल सा नेक्स्ट कर देना है नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे भी आपको डोंट कॉपी कर देना है डोंट कापी करने के बाद अभी जस्ट अ सेकेंड फिर आपको दिखाई देगा और अब आपको जो आपने पैटर्न लगाया हुआ था उस पैटर्न को आपको यहाँ पे फिल कर देना है तो मैंने जो पैटर्न बनाया था हमने यहाँ पे पैटर्न को फिल कर दिया है मतलब वो आपको पैटर्न को डाल देना है फ्रेंड और आई होप आपको ये ट्रिक अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये ट्रिक आपको कैसा लग रहा है तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगेगा जाहिर सी बात है फ्रेंड तो आप मैं चैनल में ऐसे ही वीडियो देखते रहते हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पे स्किप का बटन आ चुका है जॉब टर्न हो चुका है अब हमारा स्किप बटन आ चुका है तो हम यहाँ पे कर देते हैं स्किप और यहाँ पर कर देते हैं स्किप एनी वेज यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगेगा अब यहाँ पर कर देंगे हम नेक्स्ट और यहाँ पर कर देंगे ओके okay. और अभी भी थोड़ा सा टाइम लगेगा जस्ट अ सेकेंड फाइव मिनट दिखाई दे रहा है पर इतना नहीं लगता है बहुत कम समय में आज की एफ आर पी बाईपास हो जाती है जो कि फ्रेंड अगर ट्रिक हमारे जो और भी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर एमएमसी से रिलेटेड मैं वीडियो डालता रहता हूं आप और भी जा कर के हमारे चैनल में इस वीडियो को देख सकते हैं और आपको सॉफ्टवेयर हार्डवेयर से रिलेटेड काफ़ी सारा मिल जाएगा तो देखिए यहां पे आ चुका है क्लासिक अब यही फाइनली हमारा था सेटअप कि अगर यहाँ पर जब नहीं जाता था तो हमारी अनलॉकिंग नहीं होती थी तो जैसे हम यहाँ पर नेक्स्ट करते हैं तो हमारा वो साइनअप का फिर से एक मैसेज आता था अभी जस्ट अ सेकेंड और हमारी एफ चुटकी में रिमूव हो गई बहुत कम समय में अखार पे रिमूव हो गई बिना किसी डोंगल के फ्रेंड आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत ही इजीली तरीके से हो चुका है और कोई भी डोंगल कोई भी टूल यूज़ नहीं किया हमने तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो अच्छा लगा है। तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करके बताएं मिलते है किसी नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू सो मच